अपनी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए इंसानों की तरह जानवर भी सहवास करते हैं लेकिन जानवरों में सिर्फ एक कुत्ता ही जो खुलेआम सहवास करता है कुत्ते के अलावे और कोई जानवर नहीं है जो खुलेआम कहीं भी सहवास करता हो लोग इसे कुत्तों की आम समस्या मानते हैं लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कुत्ते किस वजह से खुले में संभोग करते हैं तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या खास वजह है महा भारत काल के पौराणिक कथाओं के अनुसार कुत्ते सरेआम सहवास इसलिए करते हैं क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें श्राप दिया था दरअसल अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह कर घर लाया था तो उसकी माँ कुंती को नहीं पता था कि अर्जुन शादी कर घर आया था अर्जुन और द्रौपदी जब घर आए तो उनके साथ बाकी चार पांडव भी थे और जब उन्होंने कुंती से कहा कि देखो माँ हम तुम्हारे लिए क्या लाए तो कुंती ने बिना देखे जवाब दे दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो अब पांडव मां की बात का कैसे निरादर करते इसलिए बाकी चार भाइयों की शादी भी द्रौपदी से करवा दी गई और ये नियम बनाया गया कि द्रौपदी हर साल उनमें से एक भाई के साथ रहेगी और इस दौरान कोई और उनके कमरे में नहीं आएगा अर्जुन के कारण कुत्तों को मिला द्रौपदी का श्राप ऐसा माना जाता है कि अर्जुन की वजह से ही कुत्तों को द्रौपदी का श्राप मिला था कि वो खुले में ही सहवास करेंगे और लोग उन्हें देखेंगे दरअसल हुआ यूँ था कि जब द्रौपदी को हर साल एक भाई के साथ रहने की शर्त रखी गई थी तो इसके साथ ये बात भी तय हुई थी कि जब द्रौपदी किसी भी एक भाई के साथ कमरे में होगी तो उस समय कोई भी दूसरा उस कमरे में नहीं आएगा और निशानी के तौर पर उस एक भाई की चप्पल बाहर कमरे के दरवाजे के पास ही रख दी जाएगी जिससे लोग समझ जाएंगे कि द्रौपदी अभी किसके साथ है एक बार द्रौपदी कमरे में युधिष्ठिर के साथ थी और उसी बीच अर्जुन कमरे में आ गया और उसने द्रौपदी और युधिष्ठिर को एक साथ संभोग के अवस्था में देख लिया जब द्रौपदी ने अर्जुन को देखा तो उसने पूछा कि बाहर उसे बड़े भाई की पादुकाएं नहीं दिखी तो अर्जुन का जवाब था नहीं द्रौपदी ने बाहर जाकर देखा तो वहां उसे युधिष्ठिर की पादुकाएँ नहीं दिखी उनको एक कुत्ता अपने मुँह में लेकर जा रहा था और गुस्से में आग्बूला द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मुझे अर्जुन के सामने शर्मिंदित होना पड़ा है उसी प्रकार तुम्हारी प्रजाति को भी ये जिल्लत झेलनी पड़ेगी और तुम खुले में ही सहवास करोगे